समझिए किसी भी एक ग्रह का फल देखकर हम सही फल का वर्णन नहीं कर सकते देखिए हो सकता है कि कोई दूसरा बलवान ग्रह उसके योगों को काट रहा हो और फल उसके ठीक विपरीत आपको मिले। इसलिए सभी नौ ग्रहों के फल देखकर जो बलवान ग्रह फल दे रहा है या जो निर्योग का निर्माण कर रहा है वह ग्रहों की दृष्टियों से जो योग बन रहे हैं इन्हें देखने के बाद ही हम सही फल के निर्णय पर पहुंचेंगे। हाँ जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि आज हम बात करेंगे तीसरे घर की कुंडली के तीसरा घर जो होता है तृतीय भाव जिसे हम पराक्रम भाव भी कहते हैं जिससे छोटे भाई बहनों का सुख भी देखा जाता है उसमें या जब कोई ग्रह बैठेगा तो वो किस प्रकार के फल देगा चलिए शुरू करते हैं देखिए पहला घर दूसरा घर तीसरा घर ये तीसरे घर पे अगर शुक्र बैठा हो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है शुक्र घर हमेशा तीसरा यही रहता है नंबर कोई भी लिखा हो तो अब जब यहाँ शुक्र बैठा है तो कैसे फल मिलेगा तो चूँकि ये भाई बहनों का घर भी है छोटे तो भाई बहनों पुत्रों से सुख की प्राप्ति होती है जा बलवान होता है साहसी होता है जा पराक्रमी होता है क्योंकि ये पराक्रम का भाव है अब यहाँ शुक्र बैठे होने से जातक की बहनों की संख्या अधिक हो सकती है है ना? और जातक के कुछ प्रेम प्रसंग भी चलते रहते हैं शनि की बात करेंगे अब हम यहाँ तीसरे घर में शनि बैठा हो तो कैसे फल होते हैं तो जातक जो है वो राजा के समान जीवन जीना चाहता है और शुभ योगों में अगर शनि हो तो वो राजा के समान जीवन जीता भी है वो पराक्रमी होता है और अपने पराक्रम से शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त करता है अच्छा अब यहाँ अगर शनि पाप ग्रहों से दृष्ट हो या अशुभ प्रभाव में हो तो यहाँ पर अशुभ फल प्राप्त होते हैं अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि यदि चंद्र बैठा हुआ हो तीसरे घर में चंद्र बैठा हुआ हो तो कैसे फल मिलेंगे तो जातक जो होता है वो जीविका के लिए अपने पराक्रम से धन अर्जन करता है अच्छा छोटे बहन और भाई से वो प्रेम रखने वाला होता है जातक विद्वान होता है लेकिन प्रवास की प्रवृत्ति उसकी होती है यानी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाना और वहाँ कार्य करना इस प्रकार से जगह बदलना उसकी नियति बन जाती है अब यदि शुभ राशि में हो यहाँ चंद्रमा किसी शुभ राशि में होकर बैठ जाए तो जातक कवि या कलाकार भी बन जाता है अब हम यहाँ बात करेंगे मंगल की कि यदि मंगल यहाँ बैठा हुआ हो तीसरे घर में तो कैसे फल मिलेंगे क्योंकि पराक्रम का भाव है और मंगल क्रूर ग्रह है तो क्या होता है जातक बलशाली होगा धनी होगा जातक उदार होगा और सुखी होता है जा लेकिन जातक के भाइयों के सुख में कमी रहती है क्योंकि मंगल क्रूर ग्रह है तो भाइयों के सुख में वो कमी करेगा ही करेगा अब जो बड़े बड़े व्यापार करने वाले उद्योगपति लोग होते हैं उनके तीसरे भाव में मंगल पाया जाता है ठीक है अब यदि यहां मंगल अशुभ प्रभाव में हो पाप दृष्ट हो तो छोटे भाई या बहन की मृत्यु तक संभव होती है आप देख पा रहे हैं कि सूर्य यहाँ पर मैंने सूर्य लिखा हुआ है तो जब तीसरे घर में सूर्य होगा और सूर्य मित्र राशि में हो शुभ प्रभाव में हो या उच्च का हो तो जो है वो जातक को अत्यधिक धनी बना देता है जातक पराक्रमी होता है जातक पुत्रवान होता है पुत्र अच्छे प्राप्त होते हैं उसे अच्छा ऐसे लोग जो है ज़्यादातर अपना स्वतंत्र कार्य यानी स्वतंत्र व्यवसाय करते हैं अगर उच्च का या अधिक शुभों में हो तो ये जो है जातक को उद्योगपति भी बना देता है और सरकार की तरफ से लाभ भी दिलाता है अब यहीं अगर सूर्य जो है नीच का हो जाए या अशुभ प्रभाव में आ जाए तो वो जातक को चर्म रोग दे सकता है सगे भाइयों से भी उसे जो है कष्ट प्राप्त होता है अब यदि किसी पाप ग्रह के साथ यहाँ पर सूर्य बैठ जाए तो भाई या बहन की मृत्यु तक संभव है या भाई या बहन का सुख का ना मिलना उनसे ना बनना या भाई छोटे भाई बहनों का ना होना इस प्रकार के फल मिलते हैं अब हम अगली बात करेंगे यहाँ पर यदि बुद्ध बैठ जाए तीसरे घर में आप देख रहे हैं पहला दूसरा और तीसरा घर तीसरे घर में यहाँ बुद्ध बैठ गया तो अब कैसे फल मिलेंगे तो जब शुभ प्रभाव में होगा तो जातक तक खुश मिजाज होगा मिलनसार होगा जातक को छोटे भाई बहनों से लाभ होगा यहाँ पर बुद्ध जातक को यात्राओं का शौकीन भी बनाता है अच्छा जातक तक साहसी होता है सुंदर होगा अच्छा लेखक कवि या जितने भी कल्पना से जुड़े हुए कार्य होते हैं वो भी यहाँ से बुद्ध देता है तीसरे भाव का अच्छा ज्योतिष भी अगर यहाँ शुभ प्रभाव में बुद्ध आपका बैठा हुआ है और अंशों से मजबूत बैठा हुआ है या उच्च राशि का होकर बैठा हुआ है तो आपको अच्छा ज्योतिष भी वो बनाता है अब हम बात करेंगे गुरु यहाँ पर यदि तीसरे घर में पराक्रम के घर में यदि गुरु बैठा हुआ हो तो कैसे फल मिलते हैं तो क्या होता है कि जातक को भाइयों से सुख तो मिलता ही है जातक लेखक बनता है जातक व्यवसायी हो सकता है अच्छा यहाँ भी गुरु जो है क्योंकि ये पराक्रम का भाव है तो जातक को घूमने फिरने की प्रवृत्ति देता है अच्छा जातक पराक्रमी होगा अब चूंकि गुरु बैठा है और पराक्रम भाव में बैठा है तो जातक धार्मिक कार्यों में रुचि लेगा अब यहाँ अगर गुरु जो है पाप प्रभाव में अशुभ प्रभाव में या नीच का होकर बैठ जाए या पाप ग्रहों की दृष्टि में आ जाए तो जातक दुष्ट होता है और जातक अपने भाइयों के सुख से हीन रहता है यानी उसे भाइयों का सुख प्राप्त नहीं हो पाता अब हम बात करेंगे कि यदि यहाँ पर तीसरे घर में यहाँ पर राहु बैठ जाए तो कैसे फल मिलते हैं तो जातक जो है वो अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला होता है यानी काफ़ी सारे लोगों का पालन पोषण की जिम्मेदारी उस पर होती है जातक वैभव संपन्न जीवन व्यतीत करना चाहता है और शुभ प्रभाव में अगर यहां राहु मित्र राशि में हो तो वैभव संपन्न जीवन उसे प्राप्त भी होता है अब यदि यहां पाप प्रभाव में हो है ना या किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो उसे अशुभ फल प्राप्त होंगे अब हम बात करेंगे आखिरी ग्रह की केतु की यदि यहां केतु बैठ जाए है ना तो कैसे फल प्राप्त होंगे क्योंकि केतु जो है वो मंगल की तरह व्यवहार करता है और पराक्रम भाव में बैठा है तो जातक को बलशाली पराक्रमी तो वो बनाएगा ही जातक साथ में उदार और सुखी भी होगा धनी भी होगा लेकिन चूंकि केतु मंगल की तरह व्यवहार करता है और मंगल क्रूर ग्रह है तो यहां पर वो भाई के सुख में कमी भी देगा है ना अब यहां अगर ज्यादा ही अशुभ प्रभाव में होगा तो छोटे भाई बहनों का ना होना या उनसे बिचारों का ना मिलना इस प्रकार के फल अनुभव में आते हैं तो अब यह आपका अध्याय पूरा हुआ कि तीसरे घर में नौग्रह किस प्रकार के फल देते हैं